को महान परिवार की ओर से सभी देश और प्रदेशवासियों को तिहत्तरवे गणतंत्र तो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई जब तक टीका नहीं लग जाता तब तक सोशल डिस्टेंसिंग नियमित रूप से हाथों की और मास्क का प्रयोग करें। को महान जय प्रकाश पावर लिमिटेड से सभी देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बताई नॉर्थ गोल्ड माइनस ग्राम मझोली सिंगोली सुपर थर्मल पावर प्लांट सिंगौली संगीत की लहरियों से, सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो से, नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक खेलों ऐसी मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हाथ आप देख रहे हैं दखल न्यूज